इसका बोझ उठा लेंगे तेरा बोझ उठा रहा हूँ तो इसकी क्या औकात बचपन से देख रहा हूँ मुझे इस घर की चौखट पारी नहीं करने देते क्या प्रॉब्लम है ये घर किस्मत वालों के लिए है तुझ जैसे बदनसीबों के लिए नहीं तेरे जैसे को तो इसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए अरे बेटा राजा आ गए राजा आइए आइए आइए आइए स्वागत है आपका बेटे के लिए बाल्मीकि है और बाकियों के लिए साधु सर सामान अंदर रखू अब इस घर में रहता तो क्या ऑटो में घूमता चल यहां से वरना तेरा मीटर मेरी जेब और गलती कर देगा ना किसे बस पकड़